मुझे ढूंढो मत केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं मैं ही तुम हर आरंभ का मैं ही अंत हूं और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा देव, देव,